उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बेहद रोचक होने वाला है अन्य जिलों में मामला हमने सामने त्रिकोणी है लेकिन यहां चतुषकोड़ी मुकाबले की संभावना बन रही है शनिवार को समाजवादी पार्टी से नीसी यादव अपना दल यश की रीता पटेल के अलावा पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने अपना पर्चा दाखिल किया तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की नाराज जिला पंचायत सदस्य नीलम सिंह ने भी अपना पर्चा दाखिल किया आपको बता दें कि अपना दल से मैदान में उतर रहे रीता पटेल पार्टी के जिला महासचिव राकेश पटेल की पत्नी है नामांकन प्रक्रिया कलेक्ट्रेट में डीएम कोर्ट में सुबह 11 बजे से शुरू हुई जो दोपहर 3 बजे तक चली